पर्वत आने पार्श्व प्रभु चुकेगा पार्वत आ से से को मैं दीक्षा करो लाटके सर्वाधिक उपदेश वर्षा करें Let the day begin. जी